रहा। बड़ आलो जो ला था आहला थे जो एकदम चिड़ी फिर आज का जो है मैं जाने जाने वाला मतलब रुम्फुम market, रुम्फुम जाने वाला मतलब मार्केट, बाजार बड़े भाई ने मुझे पैसा दिया था तो कुछ खरीदने के लिए सब्जी वगैरह तो अभी मैं जा रहा हूँ सिर्फ मैं अकेला ही नहीं साथ में मेरा दोस्त भी है दोस्त मतलब मेरा छोटा भाई तो दे मैं अब सभी को दिखाता the views of Then, तो तो अभी हम जा रहा है है जाना जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो जाना पड़ेगा वहां सरक तक आ, वहां सरक पे पहचने के बाद वहाँ गाड़ी मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं काश मिल जाता तो दे बने रहो बने रहो हेलो गायस हेलो गो देख रहा है ना वो जो चिल्लावा ग्रुप थे चलांग ग्रुप थे पिगला के उम सीरियल अंगराय उम सेरे उम सीरियल अंगराय हालाय छलांग ग्रुप थे नया हम पुगल जो लजो लजो लजो लजो दी जो अनोकि दिं दिहे ओ ओ छ थाप में पिक उई उई ठोके में ठीक तोड़ रहा हेलो गाइस हेलो यूट्यूबर्स अभी हम जा रहा है अभी तक गाड़ी नहीं मिला तो हम ऐसे ही जा रहे हैं धीमे धीमे धीरे धीरे पैदल जा रहा है तो गाड़ी मिलने तक हम ऐसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ होप भी नहीं है गाड़ी आने का तो हम ऐसे ही होता है हमेशा मतलब हर हर वीक भी ऐसे ही होता है हम अगर गुजर जाने के लिए एक मन कर रहा है तो हम पैदल से ही जाना पड़ता पढ़, है क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है और गाड़ी भी नहीं आता है इधर क्योंकि सड़क ठीक नहीं है तो तो दिखाता हो रास्ता जो नहीं तो मरवा त्योहार के लंगता है दे एकदम पूरा गांव लिया जो जो जो लेर संग घरिया लू ने जो घरिया लू ने ओ ओ चचे जाओ जाओ ये क्या गाड़ी है वो ओह <laughs> जो नहीं तो मस्त कस्तो ते लगना सीधा जो हो गाड़ी लाड़ी चिट चुट चिति चीत लो नि मकलांग मक लांग ओ फोन देो फोन दिल्लो जाह देख रहा है नीचुएसन के ली तो गाय ऐसे ही है हमारा गांव का हालत आने जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है इस इसी कारण गाड़ी भी नहीं है तो कभी कभी एक या दो गाड़ी आ जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा आदमी होता है तो चल चल नहीं पाता है तो वो भी ऐसे हालात में है अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है न वहाँ पर तो जो कार लेंगे ओ कार लेंगे ना नहीं अभी है। <laughs> good being, oh! Gosh, मेरे पास गाइस, वेलकम बैक अगेन नाउ बड़ा बच गए तो मैं आप सभी को गुड आफ्टरनून विश करता हूँ तो वो रहा लॉन्ग का पोस्टर डाटा डा लॉन्ग लॉन्ग पाई so, तक जाने के लिए 16 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा आ, गाड़ी नहीं है पैदल जाना पड़ेगा तो अभी हम फिलहाल तक नहीं जाएगा हम हमारे तक जाएगा तो हम आ, पाँच किलोमीटर तक जाना पड़ेगा तो मिल गए गाड़ी लगा लो गाड़ी दिखाना चाहता हूँ क्या ये गाड़ी आ, ये रहा लसो गाड़ी में सुना नहीं तुम आ, दाम पम बाजार ऐसे ही होता है हमेशा हमेशा मतलब हार दे थक गया रे बाबा थक गया अरे लसन लो गाय मेरा गाँव का हालात ठीक नहीं है हमेशा मैं ये कहता आया हूँ कि हमारा गाँव का हालात ऐसा ही होता है तो हाँ तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं तो इसको इस बार पर सब्सक्राइब कीजिए <laughs> सब्सक्राइब कीजिए तो मैं अभी जा रहा हूँ तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर से आप, आप लोगों के सामने फिर में आता हूँ तो देने तब तकली बाय तो गाय सभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ मार्केट में तो आप सभी को दिखाता हो हाँ तो ला लो रुमफ बुझाने वो फैन की दामजी के दामजी ले लो नि गांग न तो ये देखो। ला हेलो ला हेलो हे हे में बुझा हे लो हेलो तो गाइस हम पहुंच गए रुमफ बुझा नो दे क्या क्या खरीदने को मिलेगा वहाँ पे देखते है भैया ए रहा बजर ला लो ला के नेक्लेस ला लंग बेग लंग पील पुलिस तदलो पुके सैंडल वगैरह दी से हाई हाई लंग पौके एंड देखे मेडिसिन फार्मेसी फार्मासी दवा लाइ लंग पौ लापू बंखे मेन्थू ड्राई फिश आ ड्राई फिश ख़रीदने को मिलेगा यहाँ पे, और इधर बिस्कुट बिस्कुट लोगों को ढक के अजाव वगैरह मिलेगा यहाँ पे, और इधर भी ड्राई फिश क्रीम क्रीमबॉन है दो। ओ, देख नु नु नु तो दो और इधर बनखे नुपैर जो नुपैर में पे अगर खरीदना चाहता हो तो आजाओ रोक बचाओ में आ जाओ और इधर ब्रॉयलर वगैरह अगर खरीदना चाहता हो तो आ जाओ जा। फिश तो लोलो गो पूछने वाला हो कि दुकान कैसे चल रहा है आज तो मैं सबसे पहले जहाँ पूछता हूँ की दुकान कैसा चल रहा है आज <laughs> तो आपका आपका दुकान <laughs> कैसा चल रहा है आज ठीक नहीं है ठीक नहीं, नहीं, नहीं है क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है <laughs> क्या कस्टमर <गोस्तुमार> नहीं, <laughs> नहीं है नहीं नहीं है ओ, आज तो इतना भीड़ भी नहीं है ना? न इसलिए हाँ और दाम भी ज्यादा होगा आजकल कल वही तो ओके देन थैंक यू उसकी दुकान में ठीक नहीं चल रहा उसने कहा था इसा। तो देन अभी मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ तो तो बा क्या चीज है तो दिन कम चलते है ओन्मी। ओन्मी। वो जो बंगलाएँ तपे पर रख लगते लगे <laughs> तो मैंने पूछ लिया कि वो आग वो खास चीज वो आग कुछ ये है वो बंगलांग है सो तो <laughs> ये रहा गाइस इिंग्स इंग्स इयर अभी मैं ये खरीदने वाला हूँ दीदी के लिए मैं मतलब मेरे माँ ये रहा खरीदने वाला है ये दीदी के लिए मैं अभी रिंग्स खरीद था इसका दाम आरफा हो दम पाना नहीं तो देखते हैं और पाए शो महंगा ले चलो हेलो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ ये ब्रॉयर तो दो तो दो लीम भी है अल्लू दाल हाँ उसने ही दिया था मुझे उसने ही खिलाया मुझे तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच हेलो गाइज अभी मैं सब कुछ मैं खरीद चुका हूँ तो अभी मैं वापस घर जाने वाला हूँ ओ मैगन मैं तो मरने वाला हूँ आज सब कुछ खरीद लिया मैंने आज सब्जी भी खरीदा था और ब्रॉयलर भी खरीदा था और एक चित्रा एक चित्रा खरीदा था तो अभी मैं वापस घर जाने वाला हूँ तो तो लाया मैं अभी घर घर वापस बने रहा हो बोर रंग लो के लाइक में दिखाता हूँ अभी ना थैंक थैंक थैंक यू यू यू तो सुनने यू है दो बोर किलोमीटर <laughs> like <laughs> <laughs> और दो किलोमीटर और जाना पड़ेगा रोमपेन रूप में पाँच किलोमीटर देर थको मैं पहुंचने वाला वो बस एक किलोमीटर और बाकी है गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और घर से भी उतर गया हूँ अभी मैं हरा मटर ग्रीन मटर खा रहा हूँ